जय जय जय जय श्री श्री श्री श्री राम, राम, राम, राम, अब गरबी नहीं लग रही तेरे को अभी कह रहा था ये सब तो बता रहा। देख गरबी खत्म हो गई नहीं मोदी जी आएंगे हुए काफ़ी दूर दराज और आज यहाँ पर मोदी जी जो कि इस ग्राउंड में आने वाले हैं और जिनका कुछ भी यहां पर आप आपको सुनाएगा ان ترى حتى العنوان بس هون